कैसे कहू बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी कैसे कहू बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी जैसे कोई सजा कोई बह होगी जैसे कोई सजा कोई बह होगी जिए तो जिए कैसे है बिना आपके जिए तो जिए कैसे है बिना आपके कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी कैसे कहू बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी जैसे कोई सजा कोई बुआ होगी जैसे कोई सजा कोई पर होगी जिए तो जिए क्या